हेलो दोस्तों मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल दोस्तों हम बात करेंगे एम आई आर फंक्शन के बारे में हमने पिछली सीरीज में आपके साथ बात की थी जो फंक्शन था वो था आपका के बारे में इंटरनल इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की थी अब बात करेंगे मॉडिफाइड इंटरनल और फर्स्ट ईयर मुझे मिला थर्टी नाइन थाउजेंड सेकेंड ईयर मिला थर्टी थाउजेंड थर्ड फोर्टी ट्वेंटी वन थाउजेंड सेकेंड हमें मिला थर्टी सेवन थाउजेंड और फिफ्थ पांचवें साल मुझे मिला चालीस हजार रुपए और मिला जो इयरली इंटरेस्ट रेट है वो है 10% और ये हमारा री इन्वेस्ट जो पैसा जो मुझे ये मिला इसको जो रि इन्वेस्ट किया उसकी जो इंटरेस्ट रेट था वो 12% था तो बात करेंगे कि मोडिफाइडेड इंटरनल इंटरेस्ट रेट मतलब कि अंदर जो कैलकुलेशन हुई वो किस इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेशन हुई वो कैसे पता चलें तो यहां हम लिखेंगे मोडी सॉरी एम आई आर आर इसमें आता है वैल्यूज तो आपके जो इन्वेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेकिन ध्यान रखिएगा जो पैसा आपने दिया है इन्वेस्ट किया है उसको हमेशा माइनस में आप रखेंगे और जो पैसा आपको रिटर्न मिला है उसको हमेशा प्लस में आप रखेंगे अब आता है फाइनेंस रेट दस परसेंट है और इन्वेस्ट रेट जो हमारा है वो बारह है सिंपल से हमने लगाया फॉर्मूला और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो 13 परसेंट हमारा जो 12.61 परसेंट जो है हमारा इंटरनल इंटरेस्ट रेट है नहीं मोडिफाइड इंटरनल इंटरेस्ट रेट है तो ये जो शेयर मार्केट्स में आप लोग पैसा लगाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं अगर री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट रेस्ट उसकी कैलकुलेशन में ये बहुत ही कारगर चीज है जो फाइनेंस बैकग्राउंड के होंगे वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि हमने क्या निकाला जो फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे उनके लिए सर कोई काम का नहीं करिए स्कीपिंग इसी तरह की हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप चाहते कि एडवांस एक्शन को कंप्लीटली ज्वाइन करें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ जू, जूम जूम ऐप के थ्रू इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट आईपीटी इंडिया पे जाना होगा जी हाँ आईपीटी इंडिया डॉट आईपीटी एक्सल स्कूल पे आपको जाना होगा क्लासेस पे जाइए यहाँ सारे क्लासेस की कोर्स डिटेल्स पे चले जाइए और यहीं से आप जो है हमारे सारे क्लासेस को देख सकते हैं साथ में अगर आप करना है या फिर मेरे साथ डैमो क्लास ज्वाइन करना है तो यहाँ पे बुक डेमो क्लास पे क्लिक करेंगे और डेमो क्लास का फॉर्म एपियर हो जाएगा अब आपको यहाँ पे इसको फिल कर देना है आप चाहते कि रिकॉर्डेड करें, तो आपको उसके लिए जाना होगा प्ले स्टोर पे और मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा अब मेरे मोबाइल ऐप के अंदर में शानदार रेटिंग के साथ मोबाइल ऐप है मेरा और इस मोबाइल ऐप में सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे तो फिर आप डाउनलोड कीजिए और कोई भी दिक्कत हुई कोई भी परेशान हुई घबराने का नहीं मुझे कॉल करने का थैंक यू